ऐसे ही मजेदार गाना सुनने के लिए एसएम बॉलीवुड म्यूज़िक को सब्सक्राइब करें उदर चौवा में तन। तो खाने लगा मैं ठहरी रही समी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी है खूबसूरत सब कुछ रहा है बदल सपने हकीकत में जो डल रहे हैं क्या सदियों से पुराना है रिश्ता चलने लगी घर का ये दिल सांस थमने लगी